गाइस कैसे हो आप आशा करता हो आप सब ठीक ही तो गाइस मैं आपका प्यारा डीजा सानू महाकाल गाँव भैंसा तैजन जिला मेड से नंबर वन यूट्यूबर तो गाइस मैं एक आज एफिल्म सेटिंग लेके आ चुका हूँ एफिल सेटिंग बहुत अच्छी है पुराने दिनों को याद करना है तो आज की एफिल्म सेटिंग आपको पूरी देखनी होगी लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है एक मैडम ने कमेंट किया था मुझे इंस्टाग्राम पर एक सानु डीजिए महाकाल इस एप्लीके इस सॉरी इस एफ सेटिंग को बनाओ तो मैंने इस एफ एल एम सेटिंग बना दिया है और चलते है अपने एफ एल के पास अपना हिलाना बंद करें और शुरू करते बिना किसी पक्षों दिखे तो चलते गाय इस अपने होम पेज पर पे, होम पेज पर पे चलने के बाद अपना एफ एल खोल लेते हैं तो गाय हमने अपना एफ एल स्टोर खोल लेगा यही वो एफ सेटिंग है आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है ये लूप है मैंने पैटर्न का लूप बना दिया है लूप में से डिवाइड कर दिया है तो ये लूप मैंने बनाई है इसमें सभी पैटर्न आपको दिखाई देगी तो ये देखिए कुछ मैंने अलग तरीके से इसे बनाया है तो चलते है यारो अपना इसमें एक मिनट गाय इसमें कुछ दिक्कत हो चुकी है इसमें कुछ ऐड करना जरा अपना नाम ऐड कर देता हूँ अरे चल भाई एक एक गाइस आप तो गाइस मैं गाने को ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा गाना कॉपीराइट है तो मुझ पर स्टाइक भी आप पड़ सकता है या कॉपी क्लियर भी आ सकता है तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते की बी पी है नाइन्टी तो चलते हैं पहले इस गाने को सुना देते हैं आपको आप सुन रहे हैं डीजी आई होप गाइस आपको गाना अच्छा लगा होगा। सॉरी गाइस मैंने गाना पूरा नहीं सुनाया और इसमें क्या क्या, क्या मैंने यूज़ किया मैं बता देता हूँ आपको हीटेड से मैंने इसे बनाया है गाने को और हार्ड बेस से बनाया और थोड़ी लुप है इसमें जैसे कि इंडिया लुप है जैसे कि ढोल लुप है ताजसे टाइप में है कुछ मैंने इसे ऐसे ऐसे रिमिक्स किया और मैंने इसे ट्रैक बनाया आपके लिए बहुत आसान तरीका मैंने इसे कर दिया ट्रैक बना के तो आई होप आपको गाना अच्छा लगा होगा गाइस पहले तो इसकी मास्टरिंग देख लीजिए गाइस क्योंकि मैं फिर भूल जाता एफ एक्स ग्राफी है एफ इको है एफ इको है एफ एक्स ग्राफी है एफ ये नया वर्जन है कोई ये भी नया वर्जन है और ये भी नया वर्जन है गाइस तो गाइस आपको अच्छी लगेगी वीडियो और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पर फूल के मारे या मोमबत्ती मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए और मुझे बेल इंटर है उसे अपने गले में अपने कान में घूस मुझे नहीं पता और फिर क्लिक होके डीजे महाकाल की सबसे पहले वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके तो जय हिंद जय भारत पंदे मातरम और हो सके तो मैं अपनी खिड़की से कूदने की कोशिश करूँ ठीक है गाइज़ तो जय हिंद जाय भारत पंदे मातरम और राम राम जी और हाँ गई इस वीडियो में पासवर्ड है मैं पहले बता रहा हूँ और आप लोग यार एक एप्लीकेशन और डाउनलोड कीजिए शेट चैट नाम है उसका बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जैनअल एप्लीकेशन है और वो हमारे इंडिया की एप्लीकेशन अगर आप भारतीय हो तो उस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज आ, काफी ना कर काफ़ी ने डाउनलोड कर रखी कि शेट चैट पर उन्हें पता नहीं क्या क्या मिलता है पर उस पर पैसे मिलते बट उस पर पैसे मिलते तो आज की वीडियो में मैं उस एक लिंक को दूँगा तो उस लिंक से आप उसे डाउनलोड कर कर लेना कि मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा कि जैन जवाब बंद मात्र और राम राम जी अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसको जज करो या उसकी बुक फाड़ दो मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए